आज YouTube के लिए सबसे बड़ा दिन है आज दुनिया में मिलियन से यूट्यूबर्स एग्जिस्ट करते हैं जावेद करीम सबसे पहले यूट्यूबर थे जो YouTube के फाउंडर भी थे मई 2005 में YouTube के लॉन्च होने के बाद हर दिन तीस हजार विजिटर्स आते थे 7 मंथ बाद ही इसकी संख्या 2 मिलियन मतलब कि 20 लाख व्यूज पर डे तक पहुँच गई। YouTube पर सभी को नई अपडेट आई है जो कि सभी को लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर दिख रही है यूट्यूब आज का दिन सेलिब्रेट कर रहा है क्यूँकी आज यूट्यूब ने वन ट्रिलियन मतलब की एक लाख करोड़ व्यूज कम्प्लीट कर लिए हैं इसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें